सो so, हैलो मेरे प्यारे व्यूअर्स कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद है कि वे सभी लोग अपने घर पे एकदम ठीक होंगे एकदम सुरक्षित होंगे मैं सोचती भैया स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के मेरे एक नई वीडियो में वीडियो में हम आपको बताने वाले फ्री फायर के टू नाइट अपडेट्स नो टाइम पास नो टाइम वेस्ट ओनली टू नाइट अपडेट्स तो भैया कल है बारह तारीख यानी कि ट्वेल्व फेब्रुरी देखा जाए तो भैया आपको कल बहुत सारे इवेंट स्टार्ट होने वाले फ्री लॉगिंग रिवार्ड्स भी बहुत सारे कल के और भैया कई सारे बिग बिग इवेंट है तो भैया आइए आपको एक एक करके सारे इवेंट बता देता हूँ ये भी बता देता हूँ भैया कैसे इन्हें क्लेम करना है पहले भैया मैं आपको फ्री लॉगिन इन रिवार्ड्स दिखा देता हूँ तो भैया पहला इवेंट है, है, हाँ है, है आपका ये पेट लूडो करना कुछ नहीं आपके पेट्स जो होंगे वो लूडो खेलेंगे नॉर्मल जो लूडो होता है भैया वही होगा इसमें भैया आपका ये बारह तारीख को भी लॉग इन करती आपको एक न्यू बैक की स्किन मिलने वाली जो स्कॉट बीट्स की है तीसरा इवेंट है प्लेटू वीन वाला करना कुछ नहीं तीस मिनट खेलना है साठ मिनट खेलना है नब्बे मिनट खेलना है बदले में आपको ये लेजेंडरी गन की लेजेंडरी स्किन यहाँ पे फ्री में क्लाइम करने के लिए मिलने वाली है ये सारी चीजें जो भैया आपको कल फ्री में क्लाइम करने के लिए मिलने वाली है तो आइए भैया बात कर लेते हैं कुछ बड़े इवेंट्स की जो आपको कल फ्री फायर में देखने के लिए मिलने वाले हैं तो ये कल हमारे गोल्ड ड्रॉ वाला इवेंट स्टार्ट होने वाले बड़े दिनों से ये चर्चा में था यार इसमें गन्स है जो फ्री में मिलने वाली है बट भैया मेरे ख्याल से आपको ये, तो ये तीन दिन के लिए देखने के लिए मिलेगा तो आपको सात दिन के लिए यहाँ पे क्लाइम करने के लिए मिलने वाली है तो आइए बात कर लेते हैं पांचवा और सबसे बड़ा इवेंट जो भैया स्कॉट बीट का ही कल रहने वाला है और वो है भैया हमारा न्यू टोकन टावर इवेंट आपको स्कॉट बीट का फर्स्ट नंबर वाला जो बंडल है लेजेंडी बंडल वो आपको देखने के लिए मिलने साथ ही साथ एक लेजेंडी ग्लोल की स्किन देखने के लिए मिलने वाली है तो देखो भैया कल इतनी सारी चीजें आने वाली सारी चीज जो जो आने वाले भी है मैंने आपको एक एक करके बता दी है आज की वीडियो में यह बस इतना ही आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद है इतना सब कुछ बताया तो एक लाइक तो बनता है मिलते है तब तक बाय बाय